दीवार में बने छेद से निकलती पर्पल रोशनी तेजी से सीधे इरा की तरफ पड़ने लगी और ध्रुव ने इरा उससे बचने के लिए कहा ही था कि अचानक से उस रोशनी की रफ्तार और ज्यादा बढ़ गई और वो तेजी से इरा पर हमला करने की कोशिश करने लगी लेकिन तभी ध्रुव ने महसूस किया कि उस रोशनी से बचने के बजाय ईरा ने अपना हाथ आगे लाते हुए उस रोशनी को पकड़ने की कोशिश की ये देखकर ध्रुव के चेहरे पर ढेर सारी हैरानी दिखाई देने लगी क्यूँकी उसे समझ नहीं आ रहा था की आखिर इरा ऐसा क्यूँ करना चाह रही थी फिर जैसे ही वो पर्पल रोशनी इरा के बिल्कुल नजदीक आई तो उसने तुरंत उस को अपने हाथों में बंद कर लिया और इरा करते कागज एक, का एक शक्ति कवच से ढका हुआ था जो दिखने में काफी मजबूत लग रहा था उसके बाद इराक पल के लिए सोच में पड़ गई जिसके बाद उसने धीरे से अपना हाथ उस शक्ति कवच के अंदर ले जाना शुरू किया तभी उसे महसूस हुआ कि बहुत आसानी से उसका हाथ उस कवच के अंदर चला गया इरा ने गौर से उस कागज पर लिखे लफ्जों को पढ़ते हुए कहा क्लास टू की हाई लेवल तकनीक पर्पल लाइटनिंग बर्स्ट के मुंह से बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों को एक छटके में समझ आ गया कि तकनीक के दीवार से बने छेदों में से निकलने वाली थी उस पल ध्रुव और बाकी सभी तैयार होने लगे की तभी उन्हें एक बार फिर ढेर सारी आवाजें सुनाई देने लगी वो आवाजें हवा के बहुत तेजी से चलने की थी जिसके बाद दीवारों में से अलग अलग रंगों की रोशनियां बाहर निकलने लगी वो रोशनियां दीवारों से निकलकर हर तरफ जा रही थी जिससे सभी को समझ आ रहा था कि खड़े खड़े तकनीकें हासिल करना काफी मुश्किल था वहीं अलग अलग रंग की रोशनियों को तेजी से आगे बढ़ते देख ध्रुव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई इसके साथ उसने तुरंत अपने पैर जमीन पर पटकते हुए हवा में छलांग लगाई और फिर जब वो वापस जमीन पर आया तो उसके हाथ में एक हल्के हरे रंग की रोशनी थी तभी ध्रुव ने उस हरे रंग की रोशनी के अंदर झांकते हुए देखा तो उसके अंदर एक जड़ी बूटी थी जो नीलम की तरह हरी दिख रही थी फिर जड़ी बूटी के ऊपरी हिस्से की तरफ गौर करते हुए ध्रुव ने देखा तो वहां पर एक फल लगा हुआ खाने से किसी इंसान की शक्तियाँ एक सितारे से बढ़ाई जा सकती थी इसका मतलब अगर ध्रुव उसका इस्तेमाल किसी दवा को बनाने में करता है तो वो दवा शायद किसी शक्ति मान तक की शक्तियां भी बढ़ाने में कामयाब हो जाती इसका मतलब साफ था इस चीज की कीमत आसमान छूने वाली थी। भरते हुए अपने हाथ से उस फल को देखा और फिर हल्की मायूसी के साथ कहा यह फल वाकई बहुत अनोखा और बेशकीमती है लेकिन बदकिस्मती से मुझे फिलहाल जिस चीज की तलाश है वो ये तो बिल्कुल नहीं है इतना कहकर ध्रुव ने धीरे से उस फल को वापस हवा में छोड़ दिया जिसके बाद वो फले एक बार फिर चमकते हुए आगे बढ़ने लगा इतने में अचानक ध्रुव की नजर एक और रोशनी पर पड़ी और उसने इरा से चिल्लाते हुए कहा इरा, उस रोशनी को जल्दी पकड़ो और जैसे सभी को ध्रुव की तो रोशनियों को पकड़ने की कोशिश में उसके बाद तो जैसे उस बड़े से कमरे में कुछ लोग परछाइयों में बदलकर हर तरफ जाते हुए दिखाई देने लगे इसके साथ ही वो लोग दीवारों पर बने छेद से निकलती शक्तियों को पकड़ने की कोशिश करने लगे फिर एक झटके में उस कमरे में हवा की आवाज हर तरफ गूंजने लगी जिसमें ध्रुव और बाकी सभी रोशनियों का पीछा कर रहे थे फिर जैसे ही रोशनियों को पकड़कर उन्हें समझ आता कि वो चीज वो नहीं थी जिसकी उन्हें तलाश थी तो वो तुरंत उस चीज को छोड़कर अगली रोशनी की तरफ अपना रुख करने लगते इतने में अचानक उस कमरे में एक तेज हंसने की आवाज गूंज उठी क्या बात है क्लास तीन की तकनीक यह आवाज सुनते ध्रुव और बाकी ने अपनी नजरे घुमाते हुए देखा कि थोड़ी दूरी पर ईशान खड़ा था और उसके हाथों में एक चांदी के रंग की रोशनी थी वही उस रोशनी के अंदर देखा जा सकता था कि उसके अंदर एक कागज का टुकड़ा था तभी ईशान ने उस चांदी के रंग की रोशनी को पकड़ते हुए गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ एक नजर ध्रुव की तरफ देखा फिर ईशान उस मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ उस रोशनी के अंदर डालने लगा लेकिन जैसे ही उसने अपना हाथ उस रोशनी में डाला तो अचानक से उसके अंदर से एक अजीब सी शक्ति उससे दूर जाने की कोशिश करने लगी इतने में ईशान का हाथ अचानक से बाहर आया और उसे महसूस हुआ कि उसके हाथों की चांदी के रंग की रोशनी तेजी से हाथ से छूटते हुए सीधे दीवार की तरफ पड़ने लगी ये देखकर ईशान काफी हैरान रह गया और वो लगातार उस चांदी के रंग की रोशनी को देखे जा रहा था जो उसकी आंखों के सामने दीवार पर बने छेद में घुस गई इसके साथ ही ईशान के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी और नाराजगी झलकने लगी जिसके साथ वो तेज रफ्तार में कमरे की दीवार से जाकर टकरा गया और जैसे ईशान उस दीवार से टकराया तो वो दीवार जरा भी नहीं हिली बल्कि ईशान उससे झटका खाकर पीछे की तरफ जा गिरा इसके अलावा पीछे जाते वक्त झटके की वजह से उसके मुंह से थोड़ा सा खून तो पर काबू पाने लगे इस वक्त सभी ये सोचने लगे थे की शायद ईशान ने यां की बात पर ध्यान नहीं दिया जब उन्होंने कहा था किसी चीज को जबरदस्ती हासिल करने की कोशिश मत करना तभी ध्रुव ने मुस्कुराते हुए ईशान से सवाल किया ईशान दोस्त तुम ठीक तो हो ना वहीं ध्रुव की बात सुनकर ईशान हल्के गुस्से के साथ अपने पैरों पर खड़ा हुआ और फिर उसने अपनी नजरें सीधे उन तमाम रोशनियों की तरफ की जो इस वक्त तो उस कमरे में उड़ती हुई दिख रही थीं। फिर अगले ही पल ईशान ने अपना पैर जमीन पर पटका और वो तुरंत अगली रोशनी की तलाश में चला गया यह देखकर ध्रुव ने मजबूरी में अपने कंधे झटक बगल में खड़ी इराके कानों में फुसफुसाते हुए कहा वैसे तो ये खास चीजें शक्तियों से ढकी हुई है लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन्हें गौर से देखा जाए तो शायद हमें हामी भरतेरा हर रोशनी की तरफ अपना ध्यान नहीं कर रही थी बल्कि वो एक ही बार में समझ गई थी कि ध्रुव की बातों का मतलब क्या था इसलिए उसने अगले ही पल में अपना पूरा ध्यान रोशनियों की चमक की ओर लगाना शुरू कर दिया जो दीवारों के बाहर निकल रही थी वही इरा के बगल में इस वक्त ध्रुव ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो समझ गया था कि रोशनियों से भरी इस जगह पर उसकी अंदरूनी शक्ति ही उसके लिए वरदान थी यही वजह थी कि ध्रुव रोशनियों को बाहर आने से पहले भी महसूस कर पा रहा था तभी ध्रुव की अंदरूनी शक्ति पूरे कमरे में फैल गई और फिर ध्रुव ने जरा भी हिलना ठीक नहीं समझा यहाँ तक की जब उसके ठीक सामने से भी कुछ रोशनियां गुजरते हुए गई तब भी ध्रुव टस से मस्त नहीं हुआ वो पहले ही समझ गया था कि ये शक्तियां वो अनोखी चीज नहीं थी जिसकी ध्रुव को तलाश थी फिर ध्रुव की खामोशी तो से, से निकलती रोशनियों पर लगाए हुए था कि तभी अचानक उसे ऐसा कुछ महसूस हुआ जिससे उसका शरीर एक झटके में जम गया इसके तुरंत बाद उसने अपनी बंद आखे खोली और बिना कुछ कहे वो एक झटके में खड़ा होते हुए सीधे बाई और दीवार के पास गया लेकिन जैसे ही ध्रुव उस दीवार के पास बढ़ रहा था अचानक से एक बहुत तेज़ लाल रंग की रोशनी उस दीवार से बाहर निकलते हुए सीधे कमरे में आगे बढ़ने लगी इस दौरान उस लाल रंग की रोशनी के कमरे में आते ही उस कमरे की गर्माहट अचानक से थोड़ी बढ़ गई जिसके चलते ईशान और बाकियों की नजरे भी उस रोशनी की तरफ हो गई फिर जैसे सभी ने देखा की उस रंग की रोशनी की रफ्तार कितनी ज्यादा थी तो सभी एक पल के लिए हैरान रहने के बाद सीधे उस रोशनी की तरफ भागे लेकिन इसके पहले कि वो लोग रोशनी का पीछा कर पाते ध्रुव जिसने पहले से इस रोशनी का पता लगा लिया था वो रोशनी के पीछे काले रंग की परछाई बनकर भागने लगा उसके बाद ध्रुव ने तुरंत उस रोशनी को अपने हाथों में पकड़कर उसकी गर्माहट को सहन किया तभी इरा भी ध्रुव के ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई और उसने समझदारी से ईशान और बाकियों को उस रोशनी के पास आने से रोक दिया तभी ध्रुव ने एक नजर ईशान की तरफ देख कर शुरू कर दिया उसके बाद ध्रुव वो लाल रंग की रोशनी अपने हाथों में लेकर सीधा इराक के पास चला गया इतने में ध्रुव ने उस लाल रंग की रोशनी के अंदर छाक कर यह देखने की कोशिश की कि आखिर उसमें ऐसी कौन सी चीज थी और जब ध्रुव को अंदाजा लगा कि उसमें क्या था तो तो वो एक पल के लिए हैरान हो गया क्या बात है ये तो कुछ खास है इस वक्त ध्रुव की आंखों में एक अलग ही चमक थी जिसके साथ वो अपने हाथों की लाल रंग की रोशनी को देखे जा रहा था दरअसल उसने देखा कि उस रोशनी के अंदर एक लाल रंग का कागज था जिसमें जरूर कोई ना कोई खास तकनीक तो थी ही ऐसा इसलिए क्योंकि जितनी गर्म वो रोशनी थी उतनी गर्म अभी तक ध्रुव को कोई और रोशनी महसूस नहीं हुई थी फिर थोड़ा और गौर करते हुए ध्रुव ने पढ़ने की कोशिश की जैसे ध्रुव ने वो लवे तो ध्रुव का गला सूखने लगा फोनिक्स फ्लेम क्लास तीन की मिडिल तकनीक जाहिर सी बात है कि एक क्लास तीन की तकनीक के बारे में ध्रुव अच्छी तरह से जानता था और, तो और इस क्लास तीन की तकनीक का इस्तेमाल भी ध्रुव ने देखा था इसलिए ध्रुव अच्छे से जानता था ऐसी कोई तकनीक कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती थी ब्लैक में हर से तो और ध्रुव ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे वहां के ताकतवर दल बोलियों की लड़ाई जीतने की कोशिश में लगे रहते थे मगर इन बातों के बावजूद जितनी आसानी से यह तकनीक ध्रुव को मिली थी इस बात से ध्रुव खुद भी काफी हैरान रह गया था फिर ध्रुव ने तुरंत उस तकनीक को बाहर निकालने के लिए अपना हाथ रोशनी के अंदर डाला इस निशान और बाकी दोनों की ध्रुव की तरफ थी उन्होंने थी कौन सी। लेकिन उसके लिए हुई हलचल को देख सभी अंदाजा लगा पा रहे थे की वो कौन सी क्लास की तकनीक होगी इतने में ध्रुव ने तीनों की तरफ नजर घुमा कर मुस्कुराते हुए कहा अरे तुम तीनों इस तरह क्या देख रहे हो क्या तुम्हें कोई तकनीक हासिल नहीं करनी है क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यह तकनीक मेरे हाथों से छीनने के बारे में सोच रहे हो वैसे तो ध्रुव और मुकाबला करें तो वो भी जानते थे कि उस मुकाबले का क्या होने वाला था। और तो और उन तीनों को उस मुकाबले से कोई भी फायदा नहीं होता मगर ध्रुव की बात सुनकर ईशान ने हल्की नाराजगी के साथ उसे जवाब दिया तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो न ध्रुव तुमने ही कहा था ना कि यहाँ किस्मत का बहुत बड़ा खेल है तुम इतने काबिल हो कि इस चीज को हासिल कर पाए लेकिन तुम्हारी काबिलियत का पता तभी लग पाएगा जब तुम इस तकनीक को शक्ति के बाहर निकालने में कामयाब हो पाओगे क्योंकि जो मेरे साथ हुआ उससे तुम्हें यह तो पता चली गया होगा कि यह काम इतना भी आसान नहीं है इसलिए मैं फिलहाल ये देखना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारी किस्मत इस बार तुम्हारा साथ देती है और ईशान की बात सुनते चेहरे की मुस्कुराहट भी गायब हो गई वो समझ गया था कि ईशान की बात में दम तो था क्यूँकी जितनी ताकतवर तकनीक थी उसे बाहर निकालना उतना ही ज्यादा मुश्किल था तभी ध्रुव ने एक नजर इरा की तरफ देखा और फिर उसने धीरे से हाथ आगे बढ़ाते हुए थी लेकिन इसके बावजूद सभी का ध्यान तो फिलहाल ध्रुव पर ही टिका हुआ था जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में अक्सर ऐसा होता है की जब कोई खुद किसी चीज को हासिल नहीं कर पाता तो वो उम्मीद करता है कि सामने वाला भी उस चीज को हासिल न कर पाए इसलिए वो लोग इंतजार कर रहे थे कि ध्रुव उस तकनीक को बाहर निकालने में नाकाम साबित हो जिससे उनके चेहरों पर एक खुशी झलक पड़े इतने में ध्रुव ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए गर्माहट उसके लिए ना के बराबर थी फिर जैसे ध्रुव का हाथ उस लाल रंग के कागज पर पहुंचा तो एक छटके में वो लाल रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी इस दौरान ध्रुव को अपने हाथों में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी जिसके चलते ध्रुव ने अपना पूरा ध्यान उस कागज पर ही लगाया और वो चीज ध्रुव से दूर जाने के लिए जोर आजमा रही थी कि तभी ध्रुव ने एक झटके में वो लाल कागज बाहर निकाल लिया ऐसा करते ही ध्रुव के चेहरे की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने तुरंत वो कागज हाथ में पकड़कर सभी की तरफ देखते हुए कहा <laughs> लगता है इस बार भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं छोड़ा तो क्या ध्रुव इस खास तकनीक को हासिल करके किसी और रोशनी के पास नहीं जाएगा या फिर ध्रुव के दिमाग में इस वक्त कुछ और ही चल रहा है जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योग ध्रुव ने वो लाल रंग का कागज शक्ति से बाहर निकाल लिया था और उसकी खुशी को देखकर ईशान के चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा दिखाई देने लगा इसके बाद उसने तुरंत अपनी नजर ध्रुव से अलग करते हुए खुद के लिए रोशनी को हासिल करना शुरू किया वही उसके पास खड़ी लीजा और बिजौरा भी इस वक्त ध्रुव के हाथों में वो लाल रंग का कागज देख काफी चलन महसूस कर रहे थे लेकिन फिर एक पल बाद वो भी मजबूरी में अपनी नजरे घुमाते हुए अपने लिए किसी रोशनी की तलाश करने लगे तभी ईरा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा क्या बात है ध्रुव बधाई हो तुम्हें वो चीज मिली गई जिसकी तुम्हें तलाश थी मैं इरा की मुस्कुराहट देखकर ध्रुव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई फिर उसने एक पल के लिए उस कागज को सहलाकर उसे सीधा इरा की तरफ फेंकते हुए कहा इरा मुझे इस चीज की तलाश नहीं थी ये तो मैंने तुम्हारे लिए हासिल की है इसे खोलकर देख लो अगर तुम्हें पसंद आए तो रख लेना इतने सालों में मैंने एक बार भी तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया तो इसे मेरा गिफ्ट ही समझ लेना दूसरी ओर ईशान ने यह देखा कि कैसे ध्रुव ने वो क्लास तीन की तकनीक इरा को थमा दी थी देखकर उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई देने लगी जिसके साथ उसने बड़ हुए बेशमती और अनोखी चीज होती थी लेकिन ध्रुव ने तो ये यूंरा पकड़ा दी वही ध्रुव के इस तोहफे को हासिल करते हुए खुद इरा भी काफी हैरान रह गई थी लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए धीमी आवाज में कहा लेकिन ध्रुव फाइनल एग्जाम के दौरान मैंने तुम्हारी शक्तियों को देखा था देखकर तो इरा हा? तो एक पल के लिए कुछ सोचने लगी जिसके बाद उसने हल्की खींच के साथ कहा अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा पागलपन क्यों कर रहे हो एक तो तुम्हारी शक्तियां क्लास टू की है ऊपर से तुम्हारी मूल शक्ति भी आग है लेकिन इसके बावजूद भी तुम ये तकनीक मुझे पकड़ाना चाहते हो की बात सुनकर ध्रुव ने अपने हाथ फैलाते हुए मजबूरी में उसे जवाब दिया इसके पीछे एक और खास वजह है जिसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बता सकता इसलिए मुझे माफ करना मैं अपने फ्लेम मंत्रा को अलविदा कहकर इस तकनीक को नहीं सीख सकता इसलिए मुझे लगता है कि शायद यह तुम्हारे काम आ जाए रही बात मेरी तो यह तकनीक मेरे तो किसी काम नहीं आने वाली जाहिर सी बात है ध्रुव इरा को फ्लेम मंत्रा के रास के बारे में कुछ नहीं बता सकता था फिर उसने देखा कि इरा उसकी बात से से पूरी तरह से सहमत नहीं थी जिसके चलते ध्रुव ने थोड़ा मायूस होते हुए उससे कहा ठीक है तुम्हें जैसा करना है तो इसे अपने पास रखो लेकिन अगर तुम्हें यह तकनीक नहीं चाहिए तो इसे फेंक दो और ध्रुव को इस तरह मायूस होते देख इरा के चेहरे की परेशानी भी एक मुस्कुराहट में बदल गई जिसके साथ उसने ध्रुव को जवाब दिया तुम भी ना चलो ठीक है वैसे इतफाक की बात यह है कि मैं ऐसी तकनीक की तलाश में थी वैसे जरा मुझे यह तो बताओ कि आखिर तुम्हें किस तकनीक की तलाश है हो सकता है कि उसे हासिल करने में मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? इस पर ध्रुव ने थोड़ी परेशानी के साथ ईरा को जवाब दिया दरअसल मुझे एक सुपरसोनिक तकनीक की तलाश है लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो तकनीक मुझे यहाँ मिलेगी भी या नहीं वहीं ध्रुव का जवाब सुनते ही ईरा एक पल के लिए दंग रह गई फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए ध्रुव से आगे कहा सुपरसोनिक तकनीक, लेकिन ध्रुव इस तरह की तकनीक तो बहुत ज़्यादा ही और कुछ हासिल कर सकते हो क्योंकि वक्त जा रहा है। और मेरे ख्याल से तुम ये बात भी अच्छी तरह से जानते हो कि इस तरह की तकनीक का मिलना लाखों में एक बार होता है इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें किसी और तकनीक के लिए अपनी किस्मत आजमानी चाहिए इराकी बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उस बारे में सोचा उसके बाद उसने अपनी नजरें ऊपर करते हुए कमरे में उड़ रही अलग अलग रोशनियों की तरफ ध्यान से देखा तभी रोशनियों को देखकर ध्रुव को महसूस हुआ कि किताबों के तय में उड़ती रोशनियां कुछ ज्यादा ही तादाद में उड़ रही थीं। इस नजारे को देखकर ध्रुव ने मनी मन सोचा कि अगर गलती से भी इस जगह के बारे में ब्लैक कॉर्नर वालों को पता चल जाता तो कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता शायद यही वजह थी कि किताबों का तय इतनी अच्छी तरह से छुपाया गया था और तो इस जगह की रखवाली के लिए तो बहुत ताकतवर बुजुर्गो तक को तैनात किया गया था ने जैसे ही इराको को वो क्लास तीन की तकनीक पकड़ाई तो उसके बाद उसने दीवारों पर से निकलती रोशनियों पर गौर करने लगा इस दौरान उस में बाकी सभी लोग बहुत मेहनत के बाद ऐसी चीजें हासिल करने में कामयाब हो गए जिससे वो थोड़े खुश हुए इसके अलावा वो लोग उस चीज को अच्छी तरह से शक्तियों से बाहर निकालने में भी कामयाब हुए थे ईशान को एक खास तरह का कवच मिला था जिसके आर पार देखा जा सकता था इसके बावजूद वो कवच कुछ ज्यादा ही मजबूत था और अगर मजबूती की बात की जाए तो ये कवच याना के दिए गए नीले कवच से भी पर्पल रंग की गोली मिली थी वो जानती थी कि कि किताबों के तय से मिली कोई चमकती गोली कोई मामूली गोली तो बिल्कुल नहीं हो सकती रही बात बिजौरा की तो उसे एक ताकतवर तकनीक हासिल हुई थी लेकिन बिजौरा ने किसी को भी ये बात पता चलने नहीं दी कि वो तकनीक किस क्लास की थी इसलिए उसके अलावा उस तयखाने में कोई नहीं जानता था कि तलाश थी वो अभी तक उसे हासिल नहीं हुई थी इस दौरान उस तयखाने में एक हरे रंग की परछाई इधर से उधर जाती हुई दिखाई थी और फिर उस परछाई ने रुक कर अपने माथे का पसीना पूछा और अपने हाथ की रोशनी को ध्रुव को दिखाते हुए कहा ध्रुव एक रैंक छह का तलसमी पत्थर है ये एक बहुत ही अनोखी और खास चीज है हाँ मैं मानती हूँ कि ये वो नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं लेकिन यह भी तो कुछ कम खास नहीं है नही दिखाई दी फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो उसकी परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आने लगी उसके बाद ध्रुव अपने ख्यालों में खोया गुजरते वक्त के साथ साथ और ज्यादा परेशान होता रहा की तभी अचानक उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में फैली उसकी अंदरूनी शक्ति अचानक से कांपने लगी उस कप को महसूस कर ध्रुव ने आंख बंद करते हुए कहा, कप किस बात की उछलकर एक रोशनी को, को पकड़ लाया था तो उसने ध्रुव से सवाल किया ध्रुव क्या तुम्हें वो चीज मिल गई जिसकी तुम्हें तलाश थी यह सवाल सुनते ही ध्रुव ने धीरे से अपना हाथ खोला और फिर उसने उस रोशनी को बड़े गौर से देखा लेकिन एक पल उस रोशनी को ध्यान से देखने के बाद ध्रुव ने थोड़ा मायूस होते हुए इरा को जवाब दिया हाँ वो चीज मुझे मिल तो गई है लेकिन उतनी ताकतवर नहीं जितनी की मुझे उम्मीद थी बदकिस्मती से यह सुपरसोनिक तकनीक तो है लेकिन महज एक क्लास वन की यह सुनकर इरा ने थोड़ा झकते हुए ध्रुव से पूछा अगर ऐसी बात है तो अब हमें क्या करना चाहिए मेरे ख्याल से हमें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए हो सकता है कि कुछ पलों में वो चीज भी आ जाए जिसकी तुम्हें तलाश है ध्रुव ने मजबूरी भरी मुस्कुराहट के साथ इरा को जवाब देते हुए कहा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा इरा। इतना कहकर ध्रुव ने अपनी नजरें घुमाते हुए खाने के दूसरे किनारे पर खड़े ईशान की तरफ देखा तभी ध्रुव को दिखा कि ईशान की आंखों में एक अजीब सा गुरूर दिखाई दे रहा था जिसे देखकर ध्रुव ने आवाज में मायूसी के साथ इरा से आगे कहा छोड़ो इरा वापस चलते हैं वैसे तो ये तकनीक काफी कमजोर है लेकिन मुझे लगता है की मैं इसकी प्रैक्टिस करके इसमें जल्द महारत हासिल कर सकता हूँ इतना कहकर ध्रुव मायूसी के साथ पीछे बुढ़ा और वो तय से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ वही उसकी चाल में एक अजीब सा ढीलापन देख कर ईशान ने खुश होकर उसे चढ़ाते हुए कहा हरे रे ध्रुव ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत तो आज काफी खराब चल रही है तभी तो सबसे कमजोर चीज तुम्हारे हाथ आई हा इसके साथ ही वो और बाकी दोनों भी वापस जाने के रास्ते पर चलने लगे वही ईशान की बात सुनते ही ध्रुव के कदम अचानक से थम गए और उसने पलट कर मुस्कुराते हुए ईशान से कहा फिर से मार खाएगा क्या अपनी जुबान पर लगाम लगा नहीं तो तय में तेरी जुबान का रहस्य भी गायब हो जाएगा और ध्रुव की बात सुनते ईशान के चेहरे का रंग बदलने लगा लेकिन फिर उसने समझदारी दिखाते हुए ध्रुव से आगे कुछ नहीं कहा मगर ईशान ही मन सोचने लगा बेटा ध्रुव तुझे अपनी ताकत पर अभी जितना गुरूर करना है कर ले एक बार अंदरूनी हिस्से में चल फिर मैं तेरी सारी हेकड़ी बाहर निकालता हूँ दूसरी और जैसे ही ध्रुव ने देखा कि ईशान उसे कोई जवाब नहीं देने वाला था तो उसने मजबूरी में जाने से पहले एक नजर दीवार पर बने छेद की तरफ देखा जिसमें ध्रुव देख ने आ भरते हुए मायूस होकर तय खाने से वापस जाना शुरू किया मगर ध्रुव जाने के लिए पीछे मुड़ा ही था कि तभी अचानक उसे हवा की एक बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी इस आवाज को सुनकर ध्रुव एक झटके में पीछे मुड़ा और तभी उसे दिखा की वहां एक बहुत तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी इसके तुरंत बाद ध्रुव ने अपनी रफ्तार तेज करते हुए बढ़ती जा रही थी तो ध्रुव ने देखा कि वो धीरे धीरे अदृश्य होती जा रही थी वही उस रोशनी की रफ्तार अब तक की सभी रोशनियों में सबसे ज्यादा थी जिसे देखकर सभी समझ गए की ये रोशनी जरूर कोई बहुत ताकतवर चीज थी इस दौरान उस रोशनी का पीछा करते हुए ध्रुव ने अपनी रफ्तार काफी तेज कर ली क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अदृश्य होने से पहले वो रोशनी उसके हाथ से निकल जाए तभी ध्रुव ने दौड़ते हुए ध्रुव ने अपना पंजे की तरह उस रोशनी को बिजली की रफ्तार से हाथों में कैद कर लिया मगर ध्रुव ये जानकर हैरान हो गया कि जैसे ही वो रोशनी उसके हाथों में आई तो वो अचानक से जगमगानी बंद हो गई यह महसूस कर ध्रुव ने अपनी मुठ्ठी खोलते हुए उस रोशनी को देखा कि आखिर वो क्या चीज थी और उसे हुआ क्या था कदम उठाना वही उस रोशनी को ऐसा करता देख ध्रुव एक पल के लिए तो दंग रह गया लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए एक बार फिर उसका पीछा करना शुरू किया फिर जैसे ध्रुव उस रोशनी के थोड़ा और करीब आया तो उसने एक बार और अपना पैर पटकते हुए खुद को उस रोशनी के ठीक सामने कर दिया ऐसा करते ही ध्रुव ने बेझिझक होकर उस रोशनी को एक बार फिर हाथों में कैद कर लिया लेकिन ध्रुव के हाथों में वो रोशनी जैसे ही आई तो उसे महसूस हुआ रोशनियों को वापस कर दिया था। इस के चलते के हाथों की रोशनी भी धीरे धीरे दीवार की तरफ खींचने लगी इसके बावजूद ध्रुव ये देख रहा था की पहले की सारी रोशनियां भी तेजी से दीवार में लौट रही थी जिनकी रफ्तार काफी ज्यादा थी इस एहसास से ध्रुव को समझ आ गया कि दिया गया वक्त शायद अब खत्म होने ही वाला था इस बात के चलते ध्रुव जानता था कि उसे जल्द जल्द से जल्ण वो चीज़ हासिल करनी होगी जो फिलहाल उसकी कैद में उसके हाथ में थी लेकिन पिछली बार की हरकत के बाद ध्रुव ये भी समझ गया था कि मुट्ठी खोलते ही वो रोशनी ध्रुव से दूर जाने की कोशिश करेगी तभी ध्रुव को परेशानी में पड़ते देख ईरानी चिल्लाते हुए कहा ध्रुव जल्दी करो तुम्हें जल्द से जल्द उस चीज को बाहर निकालना होगा ये कहते हुए वो देख रही थी कि कैसे ध्रुव खुद भी दीवार की तरफ खिंचा चला जा रहा था वही ध्रुव ने जैसे ईरा की बात सुनी तो उसने एक हाथ से उस रोशनी को पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उसके अंदर की चीज को निकालने की कोशिश शुरू कर दी लेकिन ध्रुव ने जैसे उस चीज को बाहर निकालने की कोशिश की तो एक बहुत ताकतवर शक्ति उस रोशनी को ध्रुव से दूर करने लगी यहाँ तक की यह शक्ति इतनी ताकतवर थी कि ध्रुव को कुछ कदम आगे खिंच अपने पैर जमीन पर गड़ाने पड़े ताकि वो भी दीवार से न टकरा जाए तभी ध्रुव ने उस ताकत को महसूस कर चिल्लाते हुए कहा मारे गए मैं इसे काबू नहीं कर पा रहा हूँ ना जाने मैं इसमें से वो चीज बाहर कैसे निकालूंगा ये कहते वक्त ध्रुव के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी इस वक्त दीवार से निकलता खिंचाव बहुत ज्यादा ताकतवर था और हर गुजरते लम्हे के साथ वो और ताकतवर होता जा रहा था इस वजह से उस तय खाने में इस वक्त गिनी -चुनी ही बची थी जो सीधे दीवार की तरफ बढ़ती जा रही थी वही ध्रुव की ऐसी हालत देख ईशान के चेहरे पर तो शैतानी भरी मुस्कुराहट आ गई और वो ध्रुव के हाथों को देखने लगा जिसमे से वो रोशनी बाहर निकलने ही वाली थी तभी अचानक ध्रुव के बगल में हरे रंग की परछाई चिल्लाते हुए आई ध्रुव उसे कसकर पकड़े रहो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ क्या ध्रुव इस बेशकीमती चीज को हासिल कर पाएगा या फिर उसके ऐसा करने से पहले वक्त खत्म हो जाएगा आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या है ध्रुव के हाथ में इस वक्त जानने के लिए सुनते रहिए दिवनली आरजी रिवंश के साथ सुपर योथ था सिर्फ एफ एम्पर ध्रुव ने सुना किरा उसकी मदद करने के लिए उसके ठीक बगल में आकर खड़ी हो गई थी फिर इरा ने भी धीरे से अपना हाथ आगे करते हुए ध्रुव उस जानता था रोशनी तकनीक तो इरा को खी दीवार की तरफ खींच सकती थी और अगर ऐसा हुआ तो एक तो ये तकनीक भी ध्रुव के हाथ से जाएगी और शायद इरा को भी चोट लग जाए इस वजह से ध्रुव का पूरा ध्यान उस तकनीक में ही था जिसे ईरा अपने हाथों से निकालने की कोशिश कर रही थी फिर एक पल बाद ध्रुव ने देखा कि जैसी मुश्किल उसे हो रही थी इरा को वैसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा ये देखकर इरा के चेहरे पर एक खुशी दिखाई देने लगी उसके बाद उसके हाथ रोशनी के अंदर एक पल रुके जिसके बाद उसने तुरंत वो तकनीक खींचकर रोशनी से बाहर निकाली तभी ध्रुव और बाकी के हाथ पर एक चांदी के रंग का कागज दिखाई दे रहा था वही ध्रुव ने जैसे ही देखा की ईरा वो तकनीक बाहर निकालने में कामयाब हो गई थी तो उसने मनी मन एक चैन की सांस ली और इसके तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई जैसे उसके कंधों से कोई बहुत भारी चीज अलग हो गई हो इतने में ने अपने माथे के पसीने को पूछते हुए ध्रुव से कहा ध्रुव ये रही तुम्हारी सुपरसोनिक तकनीक उसे देखकर कर ये साफ समझ आ रहा था कि वो भी नाकाम होने से काफी घबरा रही थी ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती थी कि उसका नाकाम होना ध्रुव को बहुत मायूस कर देगा लेकिन खुशकिस्मती से वो जिस मंजर के बारे में सोच रही थी वो हकीकत में बदला ही नहीं इसलिए चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई जिसके साथ उसने वो सीधे के हाथों में थमा दिया। ये आज इरा नहीं होती तो शायद वो कागज ध्रुव के हाथ तो आता लेकिन उसकी आंखों के सामने ही उससे दूर भी चला जाता यही सोचकर ध्रुव ने एक नजर उस कागज की तरफ देखा जिसे देखकर एक पल के लिए तो वो थोड़ा हैरान हुआ लेकिन फिर उसने खुश होते हुए अपना सिर हिलाया इसके बाद ध्रुव ने उस कागज के ऊपरी हिस्से पर लिखी चीजों को पढ़ना शुरू किया शेर की दहाड़ एक सुपरसोनिक अपना सिर झुका लेते हैं इस दहाड़ में इतनी ताकत है कि यह हीरे को भी चकनाचूर कर सकती है और किसी की भी रूह को कांपने पर मजबूर कर सकती है यह पढ़कर ध्रुव काफी खुश हो गया क्योंकि फिलहाल उसे इस क्लास की ही सुपरसोनिक तकनीक की तलाश थी अगर वो तकनीक कम ताकतवर होती, मैंने हासिल ही ली ये ध्रुव ने अपने जिसके बाद वो तकनीक रोशनी से ढकते हुए सीधे दीवार की तरफ जाने लगी फिर ध्रुव ने क्लास टू की तकनीक रास्ते पर वो कुछ पल पहले चल रहा था वही उसके पीछे पीछे इराबी भागते हुए उस तयखाने से बाहर निकलने लगी फिर ध्रुव जैसे ईशान के पास पहुंचा तो उसने मुस्कुराते हुए ईशान की टांग खींचते हुए कहा ईशान ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें निराश करना होगा क्योंकि मुझे वो चीज मिल गई है जिसकी मुझे तलाश थी यह कहकर ध्रुव ने ईशान के जवाब का इंतजार नहीं किया बल्कि वो तो लगातार आगे बढ़ता रहा वहीं ध्रुव की बात सुनकर ईशान के चेहरे पर मायूसी के साथ साथ हल्की नाराजगी भी झलकने लगी लेकिन वो चलकर जाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया वहीं उसके पीछे लीजा और बिजौरा भी चलते हुए बाहर निकलने लगे उसके बाद पांच और स्टूडेंट्स चलते हुए उस तयखाने के बाहर निकलने लगे फिर वो लोग जैसी दरवाजे से आगे आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे तो उन्हें खजानों में में से भरा वो तयखाना कुछ पल पहले वहां मौजूद भी था फिर ध्रुव और बाकी सभी लोग चलते चलते उस बड़ी सी इमारत के बाहर निकलने लगे वही बाहर निकलते ही सभी ने एक चैन की सांस लेते हुए खुशी मनाई की उन्हें जो कुछ चाहिए था वो उन्हें मिल गया था उसके बाद जैसे ही ध्रुव वहां से बाहर आया तो उसकी नजर पास ही बैठे दो बुजुर्गों पर पड़ी जो किसी भिक्षु की तरह बैठकर ध्यान लगाने में मशगूल थे वहीं उस रहस्यमई तहखाने के बारे में सोचते हुए ध्रुव के दिमाग में एक ख्याल आया ये कि किताबों का तहखाना तो वाकई काफी बड़ा है मुझे तो लगता है कि जिस जगह पर हम सभी गए थे वो इस तय का सिर्फ एक हिस्सा था न जाने इस तय में और कौन कौन से रहस्य छुपे होंगे वही सभी लोगों को बाहर आते थे एक बुजुर्ग ने धीरे से नजर घुमाते हुए पांचों स्टूडेंट्स को गौर से देखा इस दौरान सभी को यह महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी जांच कर रही थी और फिर तकरीबन दस सेकेंड तक ने अपनी भारी आवाज में सभी से का, तुम लोगों ने यहाँ जो कुछ भी देखा उसके बारे में तुम किसी को भी कुछ नहीं बता सकते और रहस्यमय तय खाने के राज को राज ही रखना यह सुनकर ध्रुव और बाकी सर हिलाते हुए उस बात के लिए हामी भरी इतने में याको ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उनसे सवाल किया। सभी लोग वापस आ गए हैं ना? कहीं कोई पीछे तो नहीं छूट गया वैसे तुम लोगों में से कोई खाली हाथ तो नहीं लौटा ना वहीं यांकों का सवाल सुनकर सभी ने अपने अपने सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया ये देखकर यांको ने मुस्कुराते हुए आगे कहा अच्छा है चाहे तुमने कितनी भी कमजोर चीज क्यों ना हासिल की हो सबसे जरूरी है कि तुमने इस जगह से कुछ ना कुछ तो हासिल किया ही है इतना कहकर याको ने दोनों बुजुर्गों की तरफ देखकर देख कर नहीं करूंगा अलविदा लेकिन एक बार फिर दोनों रहस्यमय बुजुर्गो ने याको की बात का कोई जवाब नहीं दिया मगर इस बात का यांको को भी बुरा नहीं लगा क्योंकि उसे पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला था फिर याको ने अपना हाथ लहराते हुए सभी स्टूडेंट से कहा कोई चोट तो नहीं आ गई थी और जब उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था तो उन्होंने एक चैन की सांस लेते हुए वापस उस अदृश्य दीवार के बाहर जाना शुरू किया फिर चलते चलते यांको ने सभी को समझाते हुए कहा चुपचाप मेरे पीछे चलते रहना इस दीवार को छूने की बेवकूफी मत करना नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा इतना कहकर वो चुपचाप बाहर निकलने लगे और उनके पीछे ध्रुव और बाकी लोग भी उनकी बात मानते हुए चलते रहे फिर जैसे ही वो लोग उस अदृश्य दीवार के आगे पहुंचे तो उन्हें दिखा कि वो दीवार एक बार फिर पूरी तरह से गायब होने लगी और एक पलवार कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि किताबों के तय के रास्ते पर कोई दीवार भी मौजूद थी इतने में ध्रुव ने जाते जाते एक नजर फिर किताबों के तहखाने की तरफ घुमाई लेकिन वो जानकर हैरान हो गया कि दोनों रहस्यमय बुजुर्ग वहां से गायब हो गए थे ये देखकर ध्रुव को ऐसा लगने लगा जैसे कि कुछ पल पहले उसने कोई आत्मा देखी हो इस एहसास के चलते ध्रुव की धड़कन काफी तेज हो गई थी और वो मनी मन सोचने लगा की आखिर दोनों रहस्यमय बुजुर्ग थे कौन यही सोचकर ध्रुव ने खुद से कहा रक्षा कैडमी इतने सालों से ब्लैक कॉर्नर में मौजूद होने के बाद भी पूरी तरह सुरक्षित है ऐसा करने के लिए तो जरूर यह बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे लगता है मैं बिल्कुल इलाका एक, के के एक बार फिर पहले जैसी खामोशी में डूब गया और अगली बार यह इलाका तभी खुलेगा जब अगले साल का फाइनल एग्जाम खत्म होगा और उसके टॉप फाइव चुने जाएंगे उसके बाद सभी लोग वापस लौटते हुए यांको के कमरे में आ गए फिर सुरंग से वापस लौटते ने सबसे पहले वो ध्रुव देखा तुम लोगों को टॉप फाइव में आने का इनाम मिल ही गया अगले दो दिन तुम लोग अच्छे से आराम करो क्यूँकी दो दिन बाद तुम्हें अंदरूनी हिस्से के अंदर जाना होगा उस वक्त तुम लोगों को मौका मिलेगा ये साबित करने का की तुम कितने ताकतवर हो ये सुनकर ध्रुव और बाकी लोग एक दूसरे को देखने लगे और फिर सभी ने अपना से को उन्हें समझाते हुए आगे अरे मैं एक बात तो और याद दिलाना भूल गया अंदरूनी हिस्से में जाकर सीनियर्स का शिकार नहीं होना चाहते हो तो इसका एक ही तरीका है और वो तरीका है उन्हें ये बता देना की कि किसमें कितनी ताकत है अगर तुम उनसे ज्यादा ताकतवर हुए तो शायद तुम्हें कोई परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा लेकिन एक बात तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी चाहिए कि अंदरूनी हिस्से में जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एकेडमी के सबसे अच्छे और ताकतवर स्टूडेंट्स हैं तुम्हारी तरह ही वो भी कभी फाइनल एग्जाम में पास हुए थे इसलिए उन्हें कमजोर समझने की गलती तो बिल्कुल मत करना और तो और अंदरूनी हिस्से में ट्रेनिंग के तरीके भी बाहरी हिस्से से बहुत अलग होते हैं इसलिए मुझे लगता है कि शुरुआत में तुम्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर तुम लोग मेरी सलाह मानोगे तो मेरे ख्याल से तुम सभी के लिए यह बेहतर होगा कि एक दूसरे से दुश्मनी को भुलाकर एक दूसरे के दोस्त बन जाओ नहीं तो सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें ही होगी वही आंको की बात सुनकर लीजा ने कुछ सोचते हुए सवाल किया कहीं आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि सीनियर्स हमारे हाथ पैर तोड़ देंगे या फिर उससे भी बुरा वो हमें जान से ही मार देंगे जाहिर सी बात है कि लीजा भी ये बात समझती थी कि वो सभी टॉप फाइव में आए थे इसका मतलब इनमें से कोई भी कमजोर तो बिल्कुल नहीं था वहीं अपनी पोती का सवाल सुनकर यांकों ने मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि अंदरूनी हिस्सा है तो इस एकेडमी का ही हिस्सा कोई जंघा मैदान तो नहीं है इसलिए वो एहसास जब सामने वाला तुमसे ज्यादा ताकतवर होने का फायदा उठाता है यह एहसास तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है न आखिर तुम सभी में ऐसा कौन है जिसे अपनी ताकत पर जरा भी गुरूर नहीं है खैर, अगर तुम लोग मुझसे कुछ और नहीं पूछना चाहते तो इस कमरे में अंदरूनी हिस्से में ले जाऊंगा ये सुनकर ध्रुव ने याको के सामने हाथ जोड़ते हुए उन्हें जवाब दिया हेडमास्टर याको आपकी सलाह के लिए शुक्रिया हम ध्यान रखेंगे कि इस सलाह पर अमल करें इतना कहकर ध्रुवेरा के साथ वहां से चला गया उसके जाने के बाद लीजा और बाकी दोनों भी उस कमरे से एक के बाद एक बाहर निकल आए और जैसे देखा कि सभी स्टूडेंट्स उस कमरे से बाहर चले गए तो वो धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठे और उन्होंने टेबल पर उंगली थपथपाते हुए कहा इन लोगों को कोई अंदाजा नहीं कि जब तेज रफ्तार में मजबूत दीवार से टकराओ तो कितना दर्द होता है एक बार जब ये लोग अंदरूनी हिस्से में जाएंगे तब इन्हें एहसास होगा कि वहां सही सलामत रहना कितना ज्यादा मुश्किल है इतिहास गवाह है कि उस जगह पर आज तक काबिलियत और ताकत की कमी नहीं रही है वहीं किताबों के में जाकर अपनी मनपसंद चीजें हासिल करने के बाद इसके लिए वो अकेडमी के पीछे बने पहाड़ के पास जाकर अपनी दोनों नई तकनीकों की प्रैक्टिस में जुट गया वैसे तो ध्रुव को याकों की बात की ज्यादा फिक्र नहीं थी लेकिन उसे अंदर ही अंदर ऐसा महसूस हुआ था कि उसे जल्द से जल्द अपनी शक्तियों को बढ़ा लेना चाहिए और अगर ध्रुव अकेला होता तो शायद वो इस बात की ज्यादा फिक्र नहीं करता लेकिन अब जो कि उसके साथ इरा भी थी इसलिए ध्रुव चाहता था कि वो हर खतरे से इरा की रक्षा कर सके और तो और याकों की बातों में उसे सच्चाई भी समझ आ रही थी आखिर ऐसे ही कोई पहाड़ी हिस्से के टॉप 50 में आकर अंदरूनी हिस्से के अंदर नहीं जा सकता और तो ध्रुव का सामना सिर्फ उन टॉप फिफ्टी से नहीं होने वाला था बल्कि टॉप फाइव स्टूडेंट्स के साथ भी होने वाला था इसलिए ध्रुव ने अपनी शक्तियां बढ़ाने का फैसला किया लेकिन वो भी अच्छी तरह से जानता था कि महज दो दिनों में वो अपनी शक्तियाँ ज्यादा नहीं बढ़ा सकता था इस वजह से उसके पास तरीका था, बनने का। और वो तरीका था हासिल की गई तकनीकों को अच्छी तरह से सीखना ये वो तकनीक थी जिसे ध्रुव ने अब तक एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया इसलिए ध्रुव जानता था की उन्हें सीखना बहुत आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला ये दो तकनीकें थी थ्री थाउजेंड लाइटनिंग मूवमेंट दहाड़ कैसा होगा ध्रुव का रक्ष अकेडमी के अंदरूनी हिस्से का सफर क्या वहां उसे नए दोस्त मिलेंगे या फिर और ताकतवर दुश्मन आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सुपर यूथ था आज रिवांश के साथ सिर्फ पॉकेट एफ एम पर